नमस्कार मैं अनुराग आप देख रहे हैं बेबाग बात मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह पटेल गुड्डू भैया साथ में देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है देवेंद्र जी ने ने. आ, पिछला लोकसभा चुनाव आप होशंगाबाद से लड़े और वो चुनाव आप हार गए थे कई बार हारने से मलाल भी होता है कई बार हौसला टूटता है और कई बार आदमी पूरी ताकत से फिर जुट जाता है तो पार्टी आपको अगर मौका देगी तो फिर चुनाव लड़ेंगे स्वाभाविक है अगर पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल लड़ेगी और हारने से हौसला नहीं टूटता हम लोग राजनीति के क्षेत्र में जब काम करते हैं तो चुनाव तो सिर्फ पंद्रह दिन के होते हैं नहीं, मैंने कहा कुछ लोगों का हौसला और बढ़ जाता है कुछ लोगों का टूट जाता है सीखने मिलता है और फिर आगे और करने की जो इच्छा होती है अवसर मिलेंगे तभी आप कर पाएंगे ये तो चौबीस घंटे तीन दिन से वाला काम, काम है राजनीति क्योंकि हर पल हर क्षण और आपका जीवन ऐसा हो जाता है कि वो लोगों के बीच में आप पद पर हो तो और नहीं हो तो तब भी आपको लोगों की मदद करना पड़ेगी जिस हैसियत में जिस समय आप हैं उस हैसियत से आपको काम करते रहना पड़ेगा अब अभी क्या गणित है आपके इलाके में क्योंकि दो साल बाद लोकसभा का चुनाव है अगले साल विधानसभा का चुनाव है हो सकता है पार्टी आपको विधानसभा लड़ाई या हो सकता है लोकसभा लड़ाए तो अभी आपके इलाके में क्या गणित है हमारे यहाँ अभी नरसिंहपुर ज़िले में चार विधानसभा सीट हैं जिसमें से तीन कांग्रेस के पास हैं एक भारतीय जनता पार्टी के पास है तो अभी तो माहौल अच्छा है और चारों सीट जीत के आएंगे इस बार नरसिंहपुर की हमारे यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा कहीं अगर फेवर होता है तो वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगभग पिछले तीन चार विधानसभा चुनाव से हम लोग देखते आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं हम लोग होशंगाबाद होशंगाबाद इसकी कोई वजह तलाशी इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है होशंगाबाद इलाके को कांग्रेस उसमें कांग्रेस को मजबूत करके किया जा सकता है वहाँ कांग्रेस बहुत कमज़ोर है हमारे पास जब हम चुनाव में आए थे 2014 में तो उदय प्रताप सिंह जी विधायक सांसद हुआ करते थे संगवा संसदीय क्षेत्र के और वो सांसद रहते ही भारतीय जनता पार्टी में चले गए कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस छोड़ के तो उनके साथ करीब पांच ब्लॉक अध्यक्ष एक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चले गए थे जब हम चुनाव में आए थे तब हमारे पास कोई पदाधिकारी नहीं थे उसके बावजूद भी पूरे पोलिंग बूथों के ऊपर हमारे पोलिंग एजेंट खड़े हो गए थे कैंपेनिंग हो गई थी पूरी व्यवस्था हो गई थी तो इसका मतलब नीचे लोग हैं पर तो जागरूक करना है उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो संगठन जिसको अपन कहते हैं कि जो मजबूती के साथ एक होना चाहिए व्यवस्था होना तो चाहिए वो व्यवस्था होशंगाबाद जिले कमजोर जब पोलिटिकली हम बात करें तो कहा जाता है कि बीजेपी के पास कैडर है कैडर भी संगठन है उनका ग्रास रूट उनके वर्कर बहुत है बड़ी संख्या में कांग्रेस ंग्रेस महाद खा जाती है ऐसा कुछ जगह देखने मिलता है जहां पर हमारे पास बहुत लंबे समय से जो विधानसभा सीट नहीं है या सक्षम नेता नहीं है तो उन जिलों में तो ये स्थितियां आपने आपने पार्टी लेवल पर पार्टी फोरम पर ये बात पार्टी अध्यक्ष को और बाकी नेताओं को बताई होगी अब जाके पे? पिछले विधानसभा चुनाव के पहले से कांग्रेस ने संगठन पर बहुत ध्यान दिया है ब्लॉक के बाद मंडलम बनाए हैं मंडलम के बाद सेक्टर बनाए हैं और अब जाके पेज प्रभारी और एक बूथ पर दस लोगों तक की बात कांग्रेस कर रही है और काम भी कर रही है उसके ऊपर मुझे मुझे लगता है ये जो आप बात कर रहे हैं ये कमलनाथ जी के अध्यक्ष बनने के बाद हाँ इसमें शुरू हो गया था मंडलम का गठन शुरू हो गया था अरुण यादव जी के समय से और कमलनाथ जी के आने के बाद इसमें ताकत मिली है ताकत मिलने से संगठन में मजबूती आई है और उन्होंने इसका फीडबैक लेना शुरू किया जहाँ कमजोर है वहाँ लोगों को लगाया तो इससे संगठन में मजबूती तो आई अच्छा आपकी इच्छा क्या है लोकसभा या विधानसभा पार्टी जो तय करेगी क्योंकि इतना लंबा समय हो गया काम करते कि अब इच्छा जो वो आदेश करेंगे चुनाव लड़ाएंगे तो लड़ेंगे नहीं लड़ाएंगे तो नहीं लड़ेंगे जो जवाबदारी देंगे वो काम करेंगे पार्टी के लिए काम करेंगे देवेंद जी जो बात कह रहे थे कि पार्टी जो आदेश देगी वो शिरोधार्य है और पहले इस तरह की बातें कांग्रेस में नहीं होती थी आपस में झगड़े होते थे टिकट के लिए लेकिन अब बीजेपी वाला स्टाइल कांग्रेस में देखने लगा है कि जो पार्टी है वो सर्वोपरि है उसके बाद पार्टी के आदेश का सब पालन करेंगे देवेंद जी आपके इलाके में बेरोजगारी की क्या स्थिति है किसानों की क्या स्थिति क्योंकि जो सरकार है वो तो बड़े बड़े दावे और वादे करती है मनमोहन सिंह जी की सरकार जाने के बाद चूंकि हमारा जो जिला है वो कृषि आधारित जिला है वहाँ पर उद्योग नाम की कोई चीज नहीं है और उनकी सरकार जाने के बाद किसान की बड़ी दुर्गति हुई है चूंकि चने के जो रेट हमको मिलते थे जो कि हमारा जिला सर्वाधिक चना की पैदावार करता है आज वो रेट सिमट के पाँच हज़ार के अंदर हम लोग रेट ले पाते हैं और मनमोहन जी की जब सरकार थी तो साढ़े सात के आसपास तो कामन सब लोगों को मिल जाता था और ये रेट कभी कभी खींच के आठ के ऊपर भी चला जाता था तो आमदनी किसान की कम हुई है किसान प्रोग्रेस के ऊपर बहुत फर्क आया है किसान बहुत पिटा है तो लोग दुखी तो हैं इन लोगों से चूंकि ये जो चाहे सरकार आपके शिवराज जी की हो चाहे केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो इसने किसान का कोई भला नहीं किया शिवराज जी कहते हैं हम तो खेती को लाभ का धंधा बना रहे हैं और पांच साल में लोग दुगनी आय हो जाएगी कि किसानों की कैसे लाभ का धंधा उनने बनाया है मगर कृषि को नहीं बनाया कृषि आधारित जो चीजें हैं जैसे खाद के रेट बढ़ गए कीटनाशक के रेट बढ़ गए कृषि यंत्रों के रेट बढ़ गए डीजल के रेट बढ़ गए बिजली के रेट बढ़ गए तो उन्हें कृषि में जो चीज़ें लगने वाली हैं उसको जरूर लाभ का धंधा बना दिया है मगर किसान के लिए लाभ का धंधा किसान को कुछ नहीं मिलता नहीं सवाल ही नहीं उठता अच्छा एक बहुत चर्चा होती है खाद की हर साल कमी हो जाती है तो क्या सरकार आकलन नहीं कर पाती कि कितना खाद चाहिए या खाद आ नहीं पाता या जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं वो हावी रहते हैं पूरे सिस्टम पे क्या वजह रहती है आपने इस बार का नज़ारा देखा हो मध्य प्रदेश का जिसमें सर्वाधिक सागर नरसिंहपुर मंदसौर नीमच और कुछ जिले और हैं जहां पर किसानों ने किसानों ने लहसुन का उत्पादन किया था तो लहसुन की दुर्गति क्या हुई किसान की लागत तक नहीं निकली दो रुपए से लेकर पांच रुपए किलो तक बेचने के लिए किसान मजबूर है पर आज आप मार्केट में जाएंगे तो बीस से साठ रुपए तक किलो का लेसुन आपको मिल जाएगा मगर किसान कितने का बेच पा रहा है दो रुपए से किसान पांच रुपए का समय वीडियो आए थे और हमारे दर्शकों ने देखे हमने खबरें भी बनाई कि तो आपसे कहना यह है की सरकार की सरकार तो अंधी है सरकार को आनाबारी का पता ही नहीं होता कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कितनी जमीन के ऊपर खेती हो रही है और कितना गेहूं आएगा कितना चना आएगा कितनी अन्य चीजें आएंगी इसकी उसको जानकारी नहीं होती अगर इनको जानकारी होती और ये किसान के हितैसी होते सरकार को पता लगने के बाद भी इन लोगों ने किसान का लहसुन नहीं खरीद पाए ये गेहूं की जो खरीद होती है उस समय जब लाइन लगती है उनको सुविधा नहीं दे पाते जबकि हर साल आपको खरीदी करना पड़ती है किसान रात रात भर ट्रैक्टर लगा के वहाँ खड़ा रहता है उसके बाद इसकी तलाई होती है और पेमेंट की क्या स्थितियाँ होती हैं सब लोग इससे बाकी हुए और फिर वहाँ जाके किसान के साथ जो व्यवहार होता है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है किसी से छन्ना लगवाते हैं छन्ने के नाम पर पैसे ले लेते हैं उसको कुल के प्रताड़ित करने के अलावा दोनों सरकारों ने किसान के साथ कोई काम नहीं किया तो इसको किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस ने कभी बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया हर बार करती है हर ब्लॉक लेवल पर आंदोलन हुए जिला लेवल पर हुए ज्ञापन दिए गए पर इन सुनने वाला नहीं है कोई चूंकि जो पिछला परिवर्तन मध्य प्रदेश में अगर आया है 2018 का तो उसके मुख्य भूमिका किसान की रही तो किसान ही मध्य प्रदेश में परिवर्तन लेके आया था और इस बार फिर किसान मध्य प्रदेश में परिवर्तन लेकर आएगा क्या लग रहा है 2023 का सिनारियों आपको क्या लगता है क्या स्थिति बनेगी चेंज है पूरा का पूरा चेंज है देखना आप पचास सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी रह जाएगी आप देखना लोग दुखी है किसान सर्वाधिक दुखी है कोई भी चीज का ना रेट दे पा रहा है ना उसको कोई सुविधा दे पा रहा है और जो आप खाद की बात कर रहे थे आप यूरिया की जो बात कर रहे थे आप डीएपी की जो बात कर रहे थे इनको सब जानकारी होती है समय पर उपलब्ध नहीं करा करा पाते पता नहीं इनका कौन सा शौक है और ब्लैक मार्केटिंग मध्य प्रदेश के अंदर बहुत होती है जिसके अंदर सत्ता में बैठे लोग व्यापारी और प्रशासनिक अधिकारी सब इन्वॉल्व होते हैं ये माना जाए कि शिवराज सिंह जी या नरेंद्र मोदी जी या पूरी सरकारें कहती हों कि खेती को लाभ का धंधा बना रहे हैं किसानों के हित में काम कर रहे हैं लेकिन हावी बिचौलिया है बिचौलिया किसके तो होते हैं आप दुकानों की जांच करते हैं किसके पास स्टॉक कितना है और कितने में वो मार्केटिंग कर रहे हैं आप कभी किसान बन के गए व्यापारी के पास खरीदने के लिए आपने उसको पकड़ा क्योंकि आपके पास सीधे पैसे पहुंच रहे हैं नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार व्याप्त हो सिस्टम के अंदर हमारे यहाँ पर नरसिंहपुर जिले में सर्वाधिक गन्ना होता है गन्ने का ऑफिस अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक गन्ने के लिए गन्ना किसानों के लिए एक ऑफिस बनाया है उसमें एक पता नहीं उनका कौन सी पद है वो अधिकारी का कर्मचारी के एक बैठते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होता जबकि व्यवस्था ये होनी चाहिए कि हर पंद्रह दिन में गन्ने को टेस्ट कराना चाहिए आपको कि इसकी सुगर परसेंटेज क्या आ, आ रही है उसके हिसाब से इसके रेट निर्धारित होना चाहिए पर कभी ऐसा नहीं होता किसान को गन्ने के नाम पर कोई सहूलियत नहीं होती मिल मालिक लूट लूटने पड़े हुए हैं लूटते रहते हैं और किसान की मजबूरी होती है उस समय तो क्योंकि फसल आई खड़ी है उसको काटना भी है खेत खाली भी हुँ. करना है दूसरी फसल भी समय के ऊपर लगाना है तो उसकी मजबूरी होती है कि वो इनके पैर पकड़े खड़ा रहता है प्रशासन कहीं नजर नहीं आता एक एक, एक आरोप इसमें और लगाया जाता है कि कमलनाथ जी की सरकार थी उन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था किसानों को कुछ की हुई कुछ की नहीं हुई तमाम सारे किसान डिफॉल्टर हो गए किसान डिफॉल्टर हुए हैं और किसान बहुत कमजोर है ये बात सत्य पर कमलनाथ जी ने प्रयास तो किया आप क्यों नहीं कर देते कोई आदमी अगर अच्छा काम करता है और उसकी योजना अच्छी है और किसी बहुत बड़े तबके को अगर उसका लाभ मिलना है तो वो भी तो आपके लोग हैं आपके राज्य के लोग हैं आप कर दीजिए माफ आपके किसी ने हाथ पकड़ेगा का। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आपको हाथ पकड़ के रखे कि आप किसानों का कर्जा माफ ना करो आप किसानों का हित ना करो आप किसानों की चिंता ना करें आप किसानों की मदद ना करें आप करिए ना कौन मना कर रहा है उनने प्रयास किया और लगभग उनने जो भी कार्यक्रम बनाया था तो लोगों को मदद भी हुई यार अगर पांच साल उनकी सरकार रह जाती तो किसानों का कर्ज माफ होता देविंद सिंह जी कह रहे हैं कि अगर कमलनाथ जी की सरकार पांच साल चलती तो यकीनन किसानों को लाभ होता देविंद जी से राजनीति किसान बेरोजगारी तमाम मसलों पर हम चर्चा के इस दौर को जारी रखेंगे फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक अच्छा मस्ती और मुझसे <laughs> कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है ना तो भी, भी। स्वागत है मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह पटेल जी है देवेंद्र जी आप बड़े गुड्डू भैया नाम से आपको ज्यादा लोग जानते हैं इसकी क्या वजह रही तो, घर का नाम है लोग प्रेम से इसने इसे गुड्डू बोलते हैं तो और नाम आप आप पड़ा। जब अट्ठासी नवासी में जब यूथ कांग्रेस में आए थे तब से ये नाम आपके साथ बचपन से ही है ये नाम और अठासी में मैं युवक कांग्रेस का ब्लाक अध्यक्ष बन गया था जिला युवक कांग्रेस का बना तो जिले के लोग प्यार से गुड्डू बोलते है मेरे लिए तो आज भी उस नाम में इतना प्रेम जुड़ा हुआ होता है की उम्र का एहसास नहीं होता है हमारे यहाँ कुछ नाम ऐसे हैं बबलू गुड्डू पप्पू ये बड़े पारिवारिक से लगते हैं और दूसरा जो हमारी कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके अंदर भी घुल मिल जाने में इनाम बहुत सहायक होते हैं उनके मन का मर्म जानने के लिए लोगों को पहचानने के लिए और दूसरा इसमें कोई स्टेटस इम्बॉल नहीं होता है आप बहुत आराम से किसी के भी छोटे बड़े के साथ उठ बैठ सकते हैं क्योंकि नाम की ताकत भी होती है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि लोग प्रेम करते हैं तो वो गुड्डू बोलते हैं तो दिविन भाई आपने कांग्रेस में जब राजनीति शुरू की तब इतनी मारा मारी राजनीति में नहीं हुआ करती थी मौका मिलता था लोग आगे बढ़ते थे आप पहले करेली में ब्लॉक में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे फिर आप जिला अध्यक्ष बने उसका बाद कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी आप रहे आप पिछड़ा वर्ग के भी अध्यक्ष रहे शायद जी तो लंबा समय आपने गुजारा और क्या वजह रही कि जब आपका लोकसभा का चुनाव हुआ तो कहाँ चूक हो गई आपसे उस समय नरेंद्र मोदी जी की लहर थी और परिवर्तन का दौर चल रहा था देश के अंदर जो 2014 का जो चुनाव था उसमें चूक नहीं हुई अगर पार्टी हमको थोड़ा पहले खबर कर देती क्योंकि हमारे पास सिर्फ 18-19 दिन मिले हमारे लिए टिकट अनाउंस होने के बाद और जितना बन पड़ा उतना किया और पिछले चुनाव से हम बहुत अच्छी स्थिति में थे 19 से हमारा 14 का चुनाव बहुत अच्छा था उसी क्षेत्र ने 19 के चुनाव में तीन विधायक रहते कांग्रेस के सरकार रहते मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से हारी है होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र एक नंबर पर आई और जब हम लड़े थे तो वो छठवें या सातवें नंबर पर थी तो इतना थोड़ा सा अगर अवसर पहले मिल जाता या ऐसा खबर होती कि अब लोकसभा लड़ना है तो नजारा अलग होता अच्छा इस समय आप कल राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल हुए जी खूब भीड़ है नजारे आपने देखे होंगे क्या लगता ये जो है ये ये जो भारत यात्रा है क्या कुछ पॉलिटिकल परिवर्तन ला पाएगी स्वाभाविक लाएगी क्योंकि वर्तमान में जो देश का हालात है उन हालातों को देखते हुए राहुल जी अगर आज निकले हैं तो इस यात्रा को हम दो से ना लें क्योंकि पिछले 2014 से लेकर आज जब 22 में हम बैठे हैं जो कुछ भी किया है भारतीय जनता पार्टी ने अगर अच्छा किया है तो वो लोग देखें चूँ देखना है कि भारत के अंदर जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और जितने भी शासकीय प्रतिष्ठान होते थे जिनके माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जाता था आपके यहाँ की आ, अगर आप व्हील ले लें आपका रेलवे ले लें आपका आधा एल भी इनने लगभग ख़त्म कर दिया जो जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं जिस तरीके से बेचे जा रहे हैं जिनमें लाखों लोग टेलीकॉम ले लें उसको बर्बाद कर दिया तो बेरोजगारी की जो दिशा दशा जो देश के अंदर बिगड़ी है इसका पूरा का पूरा श्रेय वर्तमान सरकार की नीतियों को जाता है तो आज का जो दौर है ये लोगों को धीरज बंधाने का है ना कि वोट मांगने का है तो आज राहुल जी अगर देश के अंदर निकले हैं तो लोगों को धीरज बंधाने निकले हैं लोगों को एक आशा का केंद्र बन के निकले हैं कि आप समय आएगा परिवर्तन होगा जिस दौर से आप गुजर रहे हो ये दौर नहीं रहेगा ये भरोसा देने के लिए निकले हैं लोगों को उनका उद्देश्य कोई 2024 में कांग्रेस की सरकार बने ये नहीं कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य हो सकता है राहुल जी का नहीं हो सकता राहुल जी तो चाहते हैं कि इस देश की व्यवस्था बनी रहे लोग सुखी रहे लोग आनंद में रहे हमारा देश तरक्की करता रहे, उनके पार्टी में रहे। में, प्रदेश में तमाम सारे विधायक कमलनाथ जी के साथ छोड़ के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ बीजेपी में चले गए सरकार गिरा दी तो ऐसे कई जगह नजारे देखने को मिले हैं लगातार तो कहीं कुछ कमी पेशी लगती है कांग्रेस में चैन हमको जो समझ में आता है कि हमारा गलत चयन है वो अगर आपके साथ कोई गलत आदमी जुड़ गया है और आप उसको पहचानने में अगर आपसे कोई कमी हो गई है तो वो पार्टी को भी नुकसान करेगा और जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा उस क्षेत्र का भी नुकसान करेगा और वो स्थितियां अमूमन दोनों पार्टियों के साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है कांग्रेस के साथ भी है अगर आज राजनीतिक दलों को सबसे पहले इन लोगों पर विचार करना चाहिए अब जब अगर हम इस चाह हमको जीतने ही वाला चाहिए हमको सरकार बनानी ही है तो उसमें हमसे चयन करने में गलतियां होती क्योंकि तो आपके यहां कांग्रेस के, के सांसद थे चुनाव का मौसम आया सांसद बीजेपी में चले गए ये बिल्कुल गलत चयन था आपने व्यक्ति का चयन गलत किया था ऐसे ही भिंड में हुआ था कि कांग्रेस ने टिकट दिया वो बीजेपी में आ गए चुनाव लड़े हो फिर बीजेपी से जीत गए तो जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए पद पर बने रहने के लिए अगर दल बदलता है तो ये तो स्वाभाविक स्वार्थ नजर आता है और पैसे लेकर राजनीति में अगर कोई व्यक्ति पार्टी बदलता है तो आप बताइए भारत की राजनीतिक स्थितियां किस दिशा में जा रही हैं इस पर तो राजनीतिक दल ही विचार करेंगे तो इसको तो हम कहेंगे कि जिन लोगों ने उनको टिकट दी है उनके चयन गलत थे और ऐसे चयन नहीं होना चाहिए अभी जिस तरह मध्य प्रदेश की हम बात करें मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ जी काम कर रहे हैं आप सारे लोग अपने अपने स्तर पर जुटे हुए हैं आपने कहा कि 2023 में जो परिणाम है वो कांग्रेस के फेवर में होंगे कांग्रेस के हित में परिणाम आएंगे तो अभी से कोई खाका तैयार किया गया है कि गलत लोगों को टिकट ना दे दिया जाए कि बाद में जीतें और फिर बीजेपी के साथ खड़े हो जाए कमलनाथ जी उम्र के जिस दौर में हैं देश के वरिष्ठ और परिपक्व नेताओं में और उन्होंने चूंकि 2018 का चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा था और मध्य प्रदेश के अंदर वो परिवर्तन लेके आए थे तो उनका जो अनुभव है उस अनुभव का लाभ मिलेगा और इस बार हमको लगता है कमलनाथ जी जो टीम लेकर मध्य प्रदेश में आएंगे ये कोई पाँच साल के लिए नहीं होगी ये व आने वाले कई वर्षों के लिए सशक्त कांग्रेस की टीम मध्य प्रदेश में उभर के आएगी और लंबा समय चलेगी और मध्य प्रदेश के लिए हम लोग दिशा देंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उन पर पूरा भरोसा कि वो चयन करेंगे वो चयन बहुत अच्छा होगा और आपको लगता है कि ये जो मिशन 2023 है इसमें युवा बेरोजगार और किसान अहम भूमिका निभाएंगे 100 प्रतिशत मध्य प्रदेश की बहुत बुरी स्थिति है हमारा जिला जिसमें एशिया महाद्वीप की सबसे फर्टाइल सोयल उपजाऊ मिट्टी के नाम से एक एरिया जाना जाता है और सम्पन्न जिला है कृषि के मामले में पर पिछली बार 2018 का जब चुनाव चल रहा था तो मैंने पूरे नरसिंहपुर ज़िले के तीन विधानसभा क्षेत्रों पर काम किया था तो उसमें बेरोजगारों का एक डाटा निकलवाया था एक फॉर्म जारी किया था कि जो लोग बाहर हैं कितने पढ़े हैं किस घर में क्या स्थिति है तो हमारे नरसिंहपुर जैसे छोटे जिले चार विधानसभा क्षेत्र का ज़िला है उससे करीब पचास लोग नरसिंहपुर जिले से बाहर जाके गुजरात में कोई अलग स्टेट में काम कर रहे थे फैक्ट्रियों के अंदर तो हम वो उस आंकड़े को देखकर अंदर से कप गए थे हमें कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे क्योंकि हम लोगों की जो पृष्ठभूमि है तो हम लोगों के यहाँ काम करने के लिए जो मजदूर आता है वो शिवनी से आता है वो छिंदवाड़ा से आता है वो मंडला से आता है जो खेती में हम लोगों को सहयोग करता है चाहे कटनी हो आपकी चाहे बोनी हो चाहे आपका गन्ना की प्राय हो तो हम लोगों ने बचपन से वो देखा था ये कभी सोच नहीं सकते थे मगर जब ये आंकड़ा सामने आया तो उस पर गौर किया अगर नरसिंहपुर की जो स्थिति है तो अन्य जिलों की तो ईश्वर ले तो जाने मतलब कृषि के मामले में इतना संपन्न जिला है उसके बाद हमारे बच्चे अगर पचास पचास बच्चे बाहर है पलायन कर रहे हैं पलायन कर गए वो आंकड़ा आया तो वो बड़ा दुखदायी झकझोर देने वाला था तो इससे लगता है और उसका परिणाम भी आया आप देखिए कि नरसिंहपुर से आप चार में से तीन कांग्रेस जीत गई और इस बार परिणाम आएगा कि चार की चार कांग्रेस पार्टी जीतेगी आप सुन रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह पटेल जी को देवेंद्र भैया का कहना है कि इस बार जो परिणाम है दो में वो कांग्रेस के फेवर में आएंगे और इसमें खास करके किसान